नमस्कार साथियों अंकित तो ग्राम जुंड से बहुत खुशी की बात है आज हमारे गांव में पूरे सेनेटाइज युक्त वातावरण बनाया गया है यहां पर हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यहां पर लगातार कार्य कर रही हैं साथ हमारे हमारे में हमारी प्रधान मोहिदा हमारे बीच में उपस्थित हो रखी हैं और हमारे बीच में हमारे आशा कार्यकर्ता भी हमारे बीच में हैं तो सभी जो है पदाधिकारी हमारे बीच में हैं और यहाँ पर जित जिस स्थान पर हमने पर्सन सैंपलिंग की थी वहाँ पर भी हमने सेनेटाइजर से छिड़काव किया साथ में हमारे जो सार्वजनिक स्थल हैं जो दुकानें हैं हमारी घंटियालदार में वहाँ पर भी छिड़काव किया गया और अभी सैम्पलिंग में हमारे जो दो तीन व्यक्ति थोड़ा सा हल्का सा उनमें सिम्टम्स पाए गए थे तो उनके घरों में भी ये छिड़काव किया गया है वर्तमान में हम देव सिंह नेगी जी, जी के घर में सैनिटाइजर से पूरा छिड़काव कर रहे हैं और इससे पहले हमने जगत सिंह जी के घर में सुरेंद्र जी के घर में भी वहाँ पर भी छिड़काव किया और इसी क्रम में अब इसके बाद हमारा प्रयास रहेगा कि अन्य जो हमारे स्थान हैं वहाँ पर भी हम सैनिटाइजर से ही छिड़काव करते रहेंगे तो बहुत अच्छी पहल है और इसके साथ साथ हमारी प्रधान महोदय ने एक बहुत अच्छा यहाँ पर नया कदम उठाया है कि हमें जो टीका लगाने के लिए जो कोरोना का टीका था उसको लगाने के लिए अभी तक हम छेड़ाखाल जाते थे लगभग यहाँ पे 10-12 किलोमीटर की दूरी पर था और कई परिवार ऐसे थे कि जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर थे तो वो लोग नहीं जा पाते थे इस कारण से काफ़ी लोगों का टीका छूट गया था तो प्रधान महोदय ने जिलाधिकारी महोदय से रिक्वेस्ट की और निश्चित रूप से महोदय ने भी इस बात को स्वीकारा और कल हमारी ग्राम सभा में टाठी स्थान पर वहाँ पर जो बचे हुए जो लोग हैं 45 प्लस 45 प्लस उन लोगों का वहाँ पर टीका लगाया जाएगा तो हम चाहेंगे कि सब लोग आप लोग जरूर आए मेरे ग्राम सभा के जितने भी लोग हैं आप लोग जरूर आए जिनके सेकेंड डोज जिनकी सेकंड डोज वहाँ पर रह चुकी है फोर्टी प्लस वाले ओके धन्यवाद